हमारे हरियाणा के मतलब एक सवाल उठा है कि हरियाणा बिजली विभाग भी अगर सब थर्मल बंद होते हैं कोयले से ये आपका प्रोडक्शन कम होगा तो उससे कितना फर्क पड़ेगा मैं उसमें थोड़ा सा आपसे कलेर करूं कि हमारे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी टोटल जो थर्मल से प्रोडक्शन है वो 2510 मेगावाट है पच्चीस मेगावाट में अब जो हमारे थर्मल चल रहे थे कि सारे नहीं चलाते हमारे सतारह मेगावाट उसमें से प्रोडक्शन चल रही थी ये फैसले से पहले वो हम बंद करते हैं तो आप ये समझो कि टोटल हम पे इन हैंड आज के दिन बारह मेगावाट है जिनमें एक दिन की जो टोटल कंजम्पन है हाईएस्ट वो सेवन थाउजेंड है तो हम पे पाँच हज़ार मेगावाट स्पेयर हुई थर्मल जब हम इस करके चलाते हैं कि जब बाहर जैसे 20 22 रुपये भाव हो गया था तो कोल मिल नहीं रहा था पीछे रांची में और जगह सब जगह छत्तीसगढ़ में माइन्स चला गया था रेलवे ट्रैक पानी में आ गए थे तब हमारे यहाँ थर्मल चलाए थे तो थर्मल की हमें कोस पड़ती है चार सत्तर और बाज़ार से जो हम आज के दिन ले रहे हैं वो तीन पचास है कभी तीन चालीस हो जाती है कभी तीन साठ हो जाती है कभी तीन तीस की होती है तो ऑन एवरेज साढ़े तीन पड़ती है तो हम थर्मल की यूज ही नहीं करते तो हमारे अगर थर्मल भी बंद हो जाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा थर्मल से हमारी टोटल जो है इस वक्त टोटल पच्चीस सौ दस है पर सतारह सौ मेगावाट चलिए वो अगर हम बंद कर देंगे तो भी हे पाँच हज़ार मेगावाट इन हैंड्स पे रहती है तो कोई इशू नहीं है हरियाणा में बिजली की वजह से कोई इंडस्ट्री बंद हो ऐसा नहीं है चाह रहे हैं कि हम पूरा कॉपरेट कर रहे हैं कि प्रदूषण नहीं आए मतलब तो सभी के लिए आप हमारे सेंटर सभी के लिए ख़तरनाक है तो इस बात पर मैं थोड़ी सी पोजिशन क्लियर करने के लिए कि हमारे यहाँ अगर आप कोयले से प्रोडक्शन बंद करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पावर में हरियाणा पे इन सरप्लस हैंड में हम पे पावर है हमारे हरियाणा के मतलब एक सवाल उठा है कि हरियाणा बिजली विभाग भी अगर सब थर्मल बंद होते हैं कोयले से ये आपका प्रोडक्शन कम होगा तो उससे कितना फर्क पड़ेगा मैं उसमें थोड़ा सा आपसे क्लियर करूँ कि हमारे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी टोटल जो थर्मल से प्रोडक्शन है वो पच्चीस मेगावाट है 2510 मेगावाट में अब जो हमारे थर्मल चल रहे थे कि सारे नहीं चलाते हमारे सतारह मेगावाट उसमें से प्रोडक्शन चल रही थी ये फैसले से पहले वो तो हम बंद करते हैं तो आप ये समझो कि टोटल हम पे इन हैंड आज के दिन 12000 मेगावाट है जिनमें एक दिन की जो टोटल कंजम्पशन है हाईएस्ट वो 7000 है तो हम पे पाँच मेगावाट स्पेयर हुई थर्मल कर जब करके चलाते हैं कि जब बाहर जैसे बीस बाईस रुपये खाव हाँ हो गया था तो कोल मिल नहीं रहा था